एलआईसी को निर्देश दिया भारत की सरकार ने कि अडानी के शेयर खरीदो <coughs> और आपको मालूम है एल ने कितना शेयर खरीदा है अडानी का सतासी हजार करोड़ रुपए का शेयर खरीदा इसी प्रकार से हजारों करोड़ का कर्ज एस ने दिया है और तमाम बैंकों ने दिया है तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है एलआईसी में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा लगाते हैं एस में लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई का, का पैसा जमा करते हैं क्या नारा एल आई का जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी यानी कि ईश्वर ना करे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके परिवार परिवार का सहारा बनेगा एल आपकी बेटी का सहारा आपके बेटे का सहारा आपके बच्चों का सहारा आपके परिवार का सहारा बनेगा एल आज उस एल को एक व्यक्ति ने डुबो दिया अडानी जैन साथियों आज पार्लियामेंट के अंदर सभी दलों की मीटिंग थी उस सर्वदलीय बैठक में मैंने अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया अडानी का भ्रष्टाचार जो पिछले तीन चार दिनों से काफी चर्चा में है और यह भ्रष्टाचार क्या है अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र माने जाते हैं जिनको मोदी सरकार ने पोर्ट दे दिया एयरपोर्ट दे दिया माइनिंग दे दी जिसको मोदी सरकार ने सीमेंट की फैक्ट्रिया दे दी जिसको मोदी सरकार ने बिजली के ठेके दे दिए पानी के ठेके दे दिए यानी कि सब कुछ उसके नाम पर नीलाम करते जा रहे हैं उस अडानी ने एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड किया एक ऐसा वित्तीय भ्रष्टाचार किया है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे आपको मालूम है अचानक अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये दुनिया के दो नंबर ही अमीर बने और आज वो दो नंबरी वाली बात सही साबित हो रही है अब उनका जो अमीरों की सूची में उनका नंबर है वो लगातार गिर रहा है वो आठवें नंबर पे पहुंच चुके हैं क्योंकि झूठ का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया था क्योंकि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर वो अमीर बने थे और जब उस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो उनका वह पहाड़ ताश के पत्ते की तरफ बिखर गया और यह भ्रष्टाचार क्या है अडानी ने टैक्स सेवन कंट्रीज यानी कि ऐसे देश जहां पर कर की छूट होती है आप पैसे रख सकते हैं आप कंपनियां बना सकते हैं आप पैसे कहां से ला रहे हैं इसका सोर्स बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ती देशों से उन Tax सेवन Countries से अपनी ही कंपनी का शेयर खरीदा जो भारत में उसकी कंपनियां है और यह शेयर क्यों खरीदा क्योंकि अपनी कंपनियों के शेयर के दाम उसको बढ़ाने थे यानी कि कंपनी मुनाफे में हो और लोग उसके शेयर खरीद रहे हों और शेयर का दाम बढ़ रहा हो यह बात नहीं थी अपने शेयर का दाम फर्जी तरीके से बनाने के लिए फर्जी कंपनियां विदेशों में खोली गईं और मॉरिशस जैसे देश से एंटीगुआ जैसे देश से वहां से कंपनियां बनाकर अपने ही शेयर खरीद के शेयर के दाम बढ़ाए गए अब आप पूछेंगे अपनी कंपनी का शेयर का दाम बढ़ाकर उसको क्या हासिल हुआ जब अपनी कंपनी के शेयर के दाम उसने बढ़ाए तो कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ गई और उस शेयर की वैल्यू बढ़ने के आधार पर शेयर की वैल्यू फर्जी तरीके से ओवर वैल्यू करने के आधार पर शेयर के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से उसने उठा लिया अडानी के ऊपर करीब करीब ढाई लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और एक पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि चौहत्तर करोड़ रुपए भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसके माफ कर चुकी है अपनी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाकर फर्जी तरीके से दाम बढ़ाकर एल से एस से जहां पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा होता है वहां से लाखों करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया एल को निर्देश दिया भारत की सरकार ने कि अडानी के शेयर खरीदो और आपको मालूम है एल ने कितना शेयर खरीदा है अडानी का सतासी हजार करोड़ रुपए का शेयर खरीदा है इसी प्रकार से हजारों करोड़ का कर्ज एसबीआई ने दिया है और तमाम बैंकों ने दिया है तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है एलआईसी में लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई का पैसा लगाते हैं एस में लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई का पैसा जमा करते हैं क्या नारा है एलआईसी का जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी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 अब आप देखिए मजेदार बात हिंडनबर्ग दो हजार से लेकर अब तक 16 कंपनियों के फाइनेंशियल फ्रॉड को उजागर कर चुका है 16 कंपनियों के फाइनेंशियल वित्तीय भ्रष्टाचार को उजागर कर चुका है उसमें अमेरिका की भी कंपनी है तो फिर उसने अमेरिका पे भी हमला कर दिया उसमें चाइना की भी कंपनी है तो उसने चाइना पर भी हमला कर दिया उसमें जापान की भी कंपनी है तो उसमें जापान पर भी हमला कर दिया अरे अपने भ्रष्टाचार पर जवाब दो ना उसपे तो जवाब दे नहीं रही हो कि तुमने फर्जी कंपनियां क्यों बनाई और अपने ही शेयर क्यों खरीदे और शेयर के दाम ओवर वैल्यू करके बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन क्यों लिया जनता का जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा डुबोया क्यों किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था किसी ने मकान बनवाने के लिए पैसा जमा किया था किसी ने छोटे मोटे रोजगार शुरू करने के लिए पैसा जमा किया था वो सारा पैसा तुमने डुबा दिया उस जवाब दो कह रहे हो राष्ट्रवाद पे हमला है यानी कि भारत राष्ट्र के करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ रुपए लूटकर अडानी आप राष्ट्रवाद की बात कर रहा है भारत राष्ट्र के लाखों करोड़ की संपत्तियां औने पौने दामों में लेकर उन उन सरकारी कंपनियों को बर्बाद करके अब अडानी राष्ट्रवाद की बात कर रहा है तो इस राष्ट्रवाद के नारे के पीछे तुम्हारा भ्रष्टाचार छुपेगा नहीं क्योंकि इसी भारत राष्ट्र के करोड़ों लोगों को तुमने लूटा है और इसलिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है सेबी को चिट्ठी लिखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीआई ईडी सब को चिट्ठी लिखी है कि बगैर देर किए अडानी और उसके परिवार का पासपोर्ट जब्त किया जाए क्यों क्योंकि पहले भी इस तरह के बड़े भ्रष्टाचार करके बीस हजार करोड़ रुपए लेके नीरो मोदी भाग गया मेहुल चौकसी भाग गया दस हजार करोड़ रुपए लूट के विजय माल्या भाग गया तीन हजार करोड़ लूट के ललित मोदी भाग गया छह हजार करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग गया ऐसे तमाम लोग इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूट के भाग चुके हैं इसलिए बगैर विलंब किए इसके पासपोर्ट इसके परिवार के पासपोर्ट जब्त किए जाने चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कहां सो रही है कहां सो रही है ईडी कहां सो रही है सीबीआई कहा सो रही सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करनी हो तो तो गर्दन दबाने चले जाते तुरंत इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन लोगों पर अडानी के पूरे ग्रुप पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई क्यों क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मित्र हैं अपने इस करीबी मित्र को नरेंद्र मोदी जी ने ढाई लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया है चौहत्तर हजार करोड़ रुपए माफ किया है अपने इस मित्र का आप कल्पना कीजिए आपको अगर नौकरी देने की बात आती है तो कहते हैं -20 डिग्री टेम्परेचर में देश की सेवा करो और चार साल के बाद रिटायर होकर दर दर की ठोकरे खाओ अग्निवीर बन जाओ और आपके लिए रोजगार नहीं आपके लिए दवाएं नहीं आपके लिए दूध नहीं आटा दाल चावल सब महंगा है लेकिन एक अडानी के नाम पर पूरा देश गिरवी रखने को तैयार है है सरकार इसलिए आज मैंने सर्वदलीय बैठक में मांग की है कि इन मुद्दों के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाए और अडानी का जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में सरकार जवाब दे मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि इनके पासपोर्ट जब्त किए जाए और चर्चा की मांग इसलिए की है कि आज करोड़ों लोग भयभीत हैं डरे हुए हैं, चिंता के बादल उनके सर पर मडरा रहे हैं कि उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा एल में एसबीआई में तमाम बैंकों में डूब रहा है और सरकार सो रही है जय